मित्रों आज बात करेंगे एक ऐसे प्लांट की जो कि खेतों में एज खरपतवार आपने देखा होगा लेकिन ये महान औषधि है हर हमारे देश में 80 मिलियन से ज़्यादा कार्डियक पेशेंट्स हैं और पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए ब्लड थिनर का इस्तेमाल करते हैं तो आज एक ऐसे प्लांट की बात करेंगे जो वंडरफुल ब्लड थिनर का कार्य करता है और विशेष किसी पर्यतन की आवश्यकता नहीं है मात्र इसका आप ग्रीन टी बनाकर पी सकते हैं एक कप ग्रीन टी दिन में एक बार मॉर्निंग में ले लीजिए किसी भी ब्लड थिनर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ब्लड थिनर में हम वारफ्रिन लेते हैं हालांकि किसी भी मैनुफैक्चरिंग कंपनी का ब्रांड बताना उचित नहीं है लेकिन वारफ्रिन उसमें और वारफ्रेन के साथ साथ उसमें कई स्प्रिन और स्टेटिन होते हैं तो आज हम बात करते हैं मैली लोटस इंडिकस इसको भारतीय मीठा तिपतिया भी कहते हैं और इसको येलो स्वीट क्लावर भी कहा जाता है सेंजी मेथी भी इसी को कहते हैं बन मेथी भी इसको ही कहते हैं इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कुमेरिनस पाए जाते हैं एंटीकोगलेंट एक, एक्टिविटी के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेली फिनोलिक एसिड्स फ्लेवोनाइड्स और विभिन्न प्रकार के ट्राइटर्पिनयड सैपोनिन्स, इस्टोरॉइड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट एक इसके अंदर जो घटक पाया जाता है वो कोलिन होता है और कोलिन क्या करता है ये ब्रेन और मेमोरी के डेवलपमेंट में विशेष रोल करता है कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहे जाने वाले जो प्रेग्नेंसी के समय डिफेक्ट्स आ जाते हैं उसको भी ये कम करने में काफ़ी हद तक अपनी भूमिका निभाता है कोलिन की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं और अगर कोलिन की मात्रा सफिशिएंट ली जाए तो जो रिस्क होता है न्यूरल ट्यूब ट्यूब डिफेक्ट्स का उससे हम बच सकते हैं थक्का रूदी तो होता ही है या क्या करता है इसकी आप पुलटिस बनाकर विभिन्न प्रकार के जो इन्फ्लामेशन है स्वेलिंग है उसके कारण जो पेन हो रहा है उसके निराकरण के लिए आप इसका, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हर्बल टी बनाकर जब आप इसको लेंगे तो ये विशेष गुणकारी तो है ही और जो थ्रोम्बोसिस की जो समस्या है उससे भी निराकरण में हेल्प करता है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ के अंदर होती है और दोनों ही बैक्टीरिया में अपनी एक्टिविटी शो करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई है सूडोमोनास है सालमोनाला है क्लेप है इसमें अपना अच्छा कार्य करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकस ट्रिफाइलोकोकस इस सब में भी ये अपना कार्य करता है साथियों इसमें जब आप लेंगे तो ध्यान ये रखना है कि एक्सेस मात्रा में नहीं लेना है एक कप यानी कि दो ग्राम पर डे के हिसाब से डोज मान के चलिए इससे ज़्यादा नुकसान कर सकता है अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि इसके अंदर जो कुमेरिनस और डाइकुमेरॉल होते हैं ये अगर जो लीवर के अंदर विटामिन के इपॉक्साइड रिएक्टेज अंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देता है जिसके कारण क्या होता है कि जो विटामिन के है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं जा पाता जिसके कारण धीरे धीरे जो है इसका जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल होता रहता है कम होता रहता है और यह कोगुलेशन से रोकता है अब अगर आपने ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो विटमिन के की कंसनट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि वो इंटरनल हीमोरहिज यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो ज़्यादा मात्रा में लेने से बचना चाहिए कई बार जो ब्लड थिनर ले रहे होते हैं पेशेंट उनके किस्म में भी ऐसा ही पा जाता है कि उनके मूत्र में ब्लड आने लग जाता है और वो घबरा जाते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं कहीं और परामर्श लेते हैं तो लगता है कि कहीं कैंसर ना हो गया हो तो ऐसे पेशेंट का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसी प्लांट का जो मदर टिंक्चर है उसमें हेल्प करता है होम्योपैथी में ला ऑफ सिमिलर्स एक होता है कहा ये जाता है कि स्वस्थ व्यक्ति में जो प्लांट अपना जिस तरह का असर शो करता है वो उसी चीज़ की मेडिसिन होता है फॉर एग्जांपल पाया ही गया कि सिप सीप या एनिमल्स अगर इसका ज़्यादा खा लेते हैं तो उनमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो मर भी सकते हैं और जब होम्योपैथी में इसका मदर टेंचर दिया जाता है तो उसी इंटरनल ब्लीडिंग की मेडिसिन भी ये प्लांट होता है तो ये लॉ ऑफ सिमिलर्स होता है ज़्यादा मात्रा में डोज लेने से बचना चाहिए अगर कोई एनिमल 60 से 70 मिलीग्राम पर केजी से ज़्यादा बॉडी वेट के अनुसार 21 दिन से ज़्यादा इसको ले लेता है तो इंटरनल ब्लीडिंग के साथ वो मर भी सकता है लेकिन अगर उसी का मदर टिंक्चर कंट्रोल्ड अमाउंट में लिया जाए तो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने वाला प्लांट भी यही है विशेष गुणकारी प्लांट है डोज डिपेंडेंट आपको इसको लेना है हर सीजन में इसके अंदर फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आती है आपको इसको ड्राई करके पाउडर बना के रख सकते हैं ग्रीन टी के फॉर्म में मॉर्निंग में उसको ले लीजिए किसी भी तरह के ब्लड थ्रेनर की आपको आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना है डोज डिपेंडेंट आप इसको कंजम्पशन कीजिए फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद